ट्सएप तो कैसे हैं आप लोग बढ़िया होंगे क्योंकि सर्दी है भाई मेरे इधर तो आपके यहाँ नहीं है पता नहीं बट उत्तर प्रदेश साइड तो काफी सर्दी है मेरे यहाँ तो काफी अच्छे होंगे तो आज शुरू करते हैं नया के साथ बीजीएम तो नया अपडेट आया जो 1.8 वर्जन तो अभी मैंने देखा था कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है प्रीमियम क्रिएट की तो वो नहीं खुल रहा है मैंने देखा है कई बार देखा तो पहले दा आपको दिखाता हूँ मैं ये ये रहे प्रीमियम क्रिएट की और इनका देखिए इधर यूज नहीं लिख के आ रहा क्योंकि इनके देखिए कम्बाइन छ हो जाएंगे तो यूज लिख के आता है लेकिन ये लिख के नहीं आ रहा है तो इसका सलूशन है इधर इधर देखिए ये आपको पहले यहाँ पे एक स्पेशल क्रिएट आ रही तो, और एक ये पी एम क्रिएट है ये यूसी वाली ओनली यू से आप इसे खोल सकते हैं इसमें भी इक्कीस दिन और इसमें अठारह दिन तो 18 दिन बाद आपको क्रिएट है इनका यूज करने को मिल जाएगा कहाँ भाई ये ये तो ये आप 18 दिन बाद इनका यूज कर लेंगे आज से तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो बाय बायो तो रुको रुको रुको, रुको, रुको। एक बात तो आप सब्सक्राइब कर देना भाई